गुड मॉर्निंग नमस्कार सस्त्रीय काल जुहार आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या क्षमा धार आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान अभी मैं टंडवा प्रखंड के टंडवा में थापा मुड़पा से खड़ा हूं जहां से मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से यहां पर बिजली व्यवस्था समस्या को लेकर आसूक पार्टी के द्वारा यहां पर इकतालीस घंटे का ट्रांसपोर्टिंग जो है वो बंद कराया गया है बिजली व्यवस्था को लेकर जो लचर व्यवस्था है टंडवा प्रखंड में या सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिलता है तो मैं यही सब जानकारी को लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ क्योंकि आपकी आवाज समस्या समाधान ग्राउंड जीरो से काम करती है अभी इसकी जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर आशू पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि किस प्रकार से इन्होंने 48 घंटा का बंदी का ऐलान किया है और क्या क्या बिजली व्यवस्था को लेकर मांगे हैं तो आइए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर इनसे बात करते हैं मांगे है। के परिवार की ओर चाहिए कितने घंटे बंद 48 घंटे का मेरा आह्वान है हम 31 तारीख को मैं माननीय स्टूडियो साहब के यहाँ जाके ज्ञापन दिया हूँ पूरे सिमरियावानु अनुमंडल में जो बिजली का व्यवस्था है इससे काफ़ी आहत है आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है और लाइनें न रहता है मोबाइल डिस्चार्ज हो जा रहा है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे इस भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है इसके बावजूद भी अगर बिजली न आएगी इसके बाद नहीं आएगी ये ये आपका कोलियरी है जो चंडवा प्रखंड में छः सात है सारे कोलियरी में हम लोग बंद करेंगे निश्चित अनिश्चितकालीन और तथा प्लांट को भी हम लोग प्रयास करेंगे उसको भी बंद करेंगे और सरकार को हम लोग जगाने के प्रयास कर रहे हैं जो कुंभ कुंभकर्ण के निंद्रा में सोए हुए हैं हम लोग जगा रहे हैं अपना अधिकार मांग रहे हैं बताइए गर्दा में यहाँ एक से एक रोग का उत्पत्ति हुआ है आप जान रहे हैं गर्दा से टी बीमारी हो रहा है गर्दा था दामक बीमारी हो रहा है अन्य प्रकार से जन के बहुत बड़ा खतरा है आए दिन आप देख रहे हैं कि पर एक ने दो हाईवा से या ट्रक से किसी प्रकार के घटना हो रहा है वो आप खुद जान रहे, है। दूंगा। दूंगा। रहे हैं इस प्रकार से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली के प्रतिदिन जिस प्रकार से यहाँ पर चल रही है परेशानी समस्या चल रही है उसके लिए आप लोगों ने 48 घंटा का कोयला ट्रांसपोर्टिंग का बंद किए हैं क्या कहना चाहेंगे आप सभी को नमस्ते जय आशु हम लोग थापा मोड़ में बिजली के लेकर हम लोग 48 घंटे ट्रांसपोर्टिंग बंद किए हैं क्योंकि बिजली का समस्या इतना ख़राब हो गया इतना रदी हो गया है कि बच्चा लोग पढ़ाई नहीं पढ़ता है और जबकि हम लोग ट्रांसपोर्टिंग से कोयला यहाँ से दिल्ली जगमगा रहा है और हम लोग यहाँ धूल और गलदा खा रहे हैं आज तक बिजली का व्यवस्था सही नहीं हुआ इसीलिए हम लोग आसू परिवार के तरफ से 48 घंटे तक ये ट्रांसपोर्टिंग बंद कर रहे हैं 48 घंटे जैसे आपने बिजली व्यवस्था को लेकर यहाँ पर आपने 48 घंटे का बंदी करवाया है अगर ये बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई तब तो आप क्या करना चाहेंगे मैं ट्रांसपोर्टिंग पूरा बंद कर दूंगा सब पर पूरा जितना कोरवरी है वो सब एन कोरवरी सब मैं इससे तो पूरे देश में समस्या आ सकती है आप ट्रांसपोर्टिंग करेंगे कोयला ठप्प करवाएंगे तो इसमें पूरे देश में समस्या आ सकती है तो हम लोग का बिजली बिजली का समस्या केवल बिजली के हम लोग का चाहिए कि कम से कम 24 घंटा नहीं वो कम से कम 20 से 22 घंटा भी बिजली दे हम लोग का क्या ये क्षेत्र में कोयला उत्पादन कितनी मात्रा में होती है जो पूरे देश में बिजली उत्पादन का समस्या को दूर करती है ये क्षेत्र किस प्रकार ऐसी काम करी जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहा जाता है आज ये ये देखिए आज की यहाँ पर मगध है अमपारी है आपका कुंडी मेंस है बहुत तरह से मेंस है जबकि ये पिपरवार भी सामने पिपरवार है पंद्रह किलोमीटर लेकिन आज सरकार बोलती है जब से पंद्रह किलो के अंदर जिसका गांव नज़दीक हो उसको बिजली मिलता है जबकि हम लोग बिजली और पानी भी नहीं मिलता है लेकिन हम बिजली के लिए चलते पानी ले अभी जो बिजली व्यवस्था यहाँ टंडवा में आई है कब से थोड़ा सा मतलब सारे चीज़ यहाँ पर मुहैया कराया गया है बिजली को जैसे हमने देखा अभी कि पंचायत तरफ से सब जगह लगे हुए हैं लाइटें लगी हुई हैं इनका वायरिंग हुआ है तो क्या इसमें बिजली व्यवस्था अभी तक पूरी दुरुस्त नहीं हो पाई है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र कभी भी नहीं केवल हम लोग पोल गिनते हैं और तार दिखते हैं तो ये लगभग कब से यहाँ पर बिजली ये तो हम लगता है दस साल से भी देंगे आती है जाती है आती है जाती है दो घंटा पाँच घंटा बस बस इतनी ही बिजली मिलती है जी तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने नंदा था नंदा थापा जी ने बताया है कि बिजली व्यवस्था को लेकर यहां पर 48 घंटा के लिए कोयला ढुलाई ट्रांसपोर्टिंग को बंद किया गया था आपको मैं जानकारी बता दूं कि यहाँ पर आज़ादी के सत्तर साल हो चुके हैं लेकिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था लचर व्यवस्था से ग्रामीण परेशान है क्योंकि यहाँ ढंग से बिजली नहीं पहुंच पा रही है मुहैया नहीं हो पा रही है और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ राजनेता भ्रष्ट नेता अधिकारी प्रशासन जिस प्रकार से इस क्षेत्र में लूटपाट मचाए हुए हैं कोयला के लेकर इसका भी बहुत जोरदार विरोध करने वाली है आने वाले समय में तो बने रहे आपकी आवाज़ समस्या समाधान के साथ में इनको सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें धन्यवाद आपकी आवाज़ समस्या समाधान देखने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद आंसू पाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद आज घंटा बिजली देना होगा देना होगा देना होगा आज घंटा बिजली देना होगा देना होगा देना होगा हर कल सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हर कल सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है यहाँ पर पूरे हाईवा के द्वारा ढुलाई का कार्य किया जाता है आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ इस रोड में कोयला ढुलाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किया जाता है आ रहा तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग कराया जाता है कंपनियों द्वारा और यहाँ के ग्रामीण जनता बिजली को लेकर इतनी परेशान रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं अभी यहाँ 48 घंटा के लिए ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवरी क्षेत्र है जहां से पूरे देश को बिजली उत्पादन के लिए कोला सप्लाई किया जाता है फिर भी ये सिमरिया विधानसभा क्षेत्र जो है बिजली के लेकर यहां पर अंधकार में जीवन जी रहे हैं यहां के ग्रामीण जनता आसू पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 48 घंटा बिजली व्यवस्था समस्या को लेकर जो बंदी किए थे प्रशासन के अगुवाई में आंसू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी किया गया और दोबारा से ट्रांसपोर्टिंग को चालू करा दिया गया